प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तो सुना ही होगा इस योजना के अंतर्गत उन लाभार्थियों को एक लाख बीस हज़ार रुपये की धनराशि दी जाती है जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी ग्राम पंचायत की प्रधानमंत्री आवास लिस्ट को अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरह से चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको आपको टाइप करना है पीएम आवाज उसके बाद आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कई लिंक्स आ जाएंगे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको लिखा होना चाहिए कि पीएमए जी उस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा आपको ऊपर कॉर्नर में थ्री डॉट दिखाई दे रहे होगा इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद ये पेज है वो डेस्कटॉप साइड में हो जाएगा आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे जूम करके जैसे आप देखोगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आवाज़ सॉफ्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद फिर ऑप्शंस आएंगे इसमें आपको एक मिलेगा रिपोर्ट्स का तो इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ से आपको बिल्कुल नीचे चले जाना है नीचे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे जी सेक्शन मिलेगा एक जी सेक्शन में लिखा होगा कवरेजेंस रिपोर्ट्स इसमें आपको तीसरे नंबर पर मिलेगा हाउस सेक्शन इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एम आई रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन आएगा इसमें आपको फिल्टर करना है पहले फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेनी है उसके बाद योजना के अंतर्गत तो आपको सिलेक्ट करना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामीण आपको यहाँ पे ध्यान रखना है उसके बाद आपको अपना स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यानी राज्य को सिलेक्ट कर लेना है आप जिस भी राज्य में रहते हैं उसके बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है डिस्ट्रिक्ट तो आप जिस भी ज़िले में रहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें उसके बाद आएगा आपका ब्लॉक आपको अपना जो भी ब्लॉक है वो अपना सेलेक्ट कर लें ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपकी ग्राम पंचायत पूछेगा तो आपको अपना ग्राम पंचायत है उसको सिलेक्ट कर लेना है ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद आप यह कैप्चा कोड है बिल्कुल राइट वे तरीके से भर दें इसे जैसे कि यहाँ पे छियालीस माइनस एट्टी तो आपको यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे जो भी आपका कैप्चर कोड है बिल्कुल आपको एक्यूरेट भर देना है कैप्चर कोड डालने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आवास लिस्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है आप इसे चाहे तो डाउनलोड पीडीएफ या एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नाम यहाँ पर देख सकते हैं तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई यू भी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें